नमस्कार स्वागत अभिनंदन दोस्तों 29 फरवरी से 28 मार्च के बीच ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र का गोचर मेष राशि में हो रहा है अभी शुक्र देव उच्च के हैं मीन राशि में संचरण कर रहे हैं तो शुक्र ग्रह का मेष राशि में जो ये गोचर रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में ये जो एक माह रहेगा क्या उथल पुथल क्या हलचल मचाएगा इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों आप लोगों को बता दें कि ये जो गोचर है ये केवल शुक्र को मानक मान करके बताया गया है साथ ही साथ इसके साथ अन्य ग्रहों की स्थिति भी विचारणीय होती है इसके अलावा दर्शकों चंद्र राशि पर प्रस्तुत हमारा ये जो गोचर है आधारित है और एक बात आप लोगों को बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह जो होता है ये स्त्री प्रधान ग्रह माना गया है शुक्र को भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह भी माना जाता है शुक्र ग्रह जहाँ सौंदर्य प्रेम आपके अंदर प्रेम की भावना वैदिक विद्या डॉक्टरी मेडिसिन दवाइयाँ जो होती हैं इसके अलावा जो है कला नृत्य साहित्य अलंकार जो ललित कलाओं के जो है पारखी होते हैं तथा गायन वादन में रुचि रखते हैं आपकी पत्नी आपका वाहन सुख आपका सया सुख भोग भोगविलास की चीजें भौतिक सुख साधन आपके जीवन में शक्ति क्या रहेगी आप जो मेकअप करते हैं ये सब भी शुक्र को ही देख के जो है प्रडिक्शन की जाती है साथ ही साथ जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं फोटोग्राफी करते हैं गिफ्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी विचार शुक्र ग्रह से ही किया जाता है शरीर में गर्भाशय जन इंद्रियों पेट नाभी और किडनी पर इनका प्रभुत्व होता है अर्थात शुक्र ग्रह का प्रभुत्व होता है शुक्र ग्रह दो राशियों के जो है स्वामी है वृषभ और तुला और मीन राशि में ये परम उच्च के होते हैं और कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीचे होते हैं शनि और बुद्ध शुक्र के मित्र ग्रह हैं, वहीं सूर्य और चंद्रमा से शुक्र ग्रह की शत्रुता है दर्शकों हमने पूर्व में भी आपको बताया है शुक्र ग्रह 29 फरवरी 2020 को शनिवार दिन रहेगा प्रातः पर राशि में संचरण करेंगे प्रवेश करेंगे गोचर करेंगे और 28 मार्च 2020 शनिवार का दिन रहेगा प्रातः पंद्रह बजकर सैंतीस मिनट अर्थात दोपहर तीन बजकर सैंतीस मिनट तक की इस राशि में रहेंगे इसके बाद ये वृषभ राशि में आ जाएंगे तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या रहेगा ये हम बताते हैं आपको बता दें दर्शकों कि 28 और 29 मार्च को मुंबई आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो मेष राशि के जातकों क्योंकि राशि चक्र की हमारी पहली राशि आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातको शुक्रदेव का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा देखिये मेष राशि वालों के लिए जो वीनस होते हैं, शुक्र होते हैं ये दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं तो दूसरे और सातवें भाव के स्वामी शुक्र का गोचर कुंडली के आपके प्रथम भाव पहले भाव में हो रहा है कुंडली का पहला भाव लग्न स्थान होकर के आपके शरीर के स्वरचना स्वरूप चरित्र इच्छा मनोबल आपकी जो गौरव होती है आपकी मनोवृत्ति होती है आपके अंदर संतोष कितना है आपके अंदर आत्मबल कितना है आपकी यश कैसी होगी कीर्ति कैसी होगी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंध रखता है शुक्र के लग्न स्थान में में होने से आपके मनोविचार और सोच में बदलाव देखने को मिलेगा। समाज के लोग आपके प्रति अनायास ही आकर्षित होंगे आप पहले से अधिक अपने आप को सक्रिय महसूस करते हुए दिखाई पड़ेंगे अंतरमन में आपके प्रसन्नता आएगी शुक्र का आपकी राशि में आना आपके लिए धन लाभ के योग भी बना रहा है देखिए सेकंड हाउस जो होता है ये फिक्स धन का होता है तो कुछ आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं कोई एफडी वगैरह करा सकते हैं या कोई ह्यूज अमाउंट में आपको धन मिल सकता है या जैसे आपने पहले से कोई पूर्व में निवेश किए होंगे उन उनकी जो मेच्योरिटी रहेगी वो अब आपको मिलेगी और जो अविवाहित जातक जीवन साथी की तलाश में हैं उनके लिए भी ये जो गोचर रहेगा शुक्र का ये काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल मददगार साबित होगा आपके प्रेम संबंध में मधुरता आएगी मेष राशि के जातकों और जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा मनोरंजन के के प्रति मेष राशि जातकों की रुचि कुछ ज्यादा ही रहेगी जो आपके काम को भी प्रभावित कर सकती है अपने खर्चों पर यहाँ पर शुक्र का ये गोचर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहा है इस दौरान विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज्यादा अधिक रहेगा सौंदर्य के प्रति रुझान बढ़ेगा वारी के प्रभाव से आपके कई कार्य बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दर्शकों यहां पर उपाय आपको करना क्या रहेगा तो शुक्र के वैदिक मंत्रों का आप लोग जाप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी के मंदिर में या गौरी माँ के मंदिर में साड़ी का दान या सुहाग से संबंधित सामग्रियों को भी आप चढ़ा सकते हैं आपको अच्छे फल मिलेंगे वृषभ राशि की ओर अब चलते हैं टॉरस की ओर वृषभ राशि के जात को शुक्र का यह गोचर क्या कुछ नवीनता लेकर के आया है तो वृषभ राशि वालों के लिए पहले और छठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के बारहवें भाव में हो रहा है कुंडली का बारवा भाव आपका किस चीज का होता है तो ये होता है खर्च का व्यय स्थान का भोग विलास का राज्य के भय का होता है जेल जाने का होता है चिंता का होता है त्रास का होता है धन हानि का होता है आपके नुकसान का होता है और गुप्त दुश्मन से भी ये भाव जो है मतलब संबंध रखता है सुख सुविधाओं की दृष्टि से यह गोचर आपके लिए देखिए कुछ महीनों में खास रहेगा लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी ये खर्च आप भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते हुए दिखाई पड़ेंगे परिजनों लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, आर्थिक रुकावटें दूर होने की संभावना रहेगी इस समय किसी लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहेगा मतलब शत्रु आपको परेशान यदि करने जाएंगे तो आपको कुछ वो कर नहीं पाएंगे और उल्टा उनका खुद नुकसान हो जाएगा लेकिन यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं कि कर्ज की स्थिति से आपको बचना होगा कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका धन खर्च हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कई मामलों में कुछ खराब हो सकता है उपाय क्या करना रहेगा तो श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करिएगा तथा शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न आप लोग जरूर धारण कर सकते हैं लेकिन रत्न धारण करने से पहले अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा कि हीरा आप धारण कर सकते हैं ओपेल कर सकते हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर तो देखिए मिथुन राशि वालों के लिए जो शुक्रदेव है ये पांचवें और बारहवें भाव के स्वामी शुक्र का ग्यारहवें भाव में संचरण हो रहा है गोचर हो रहा है देखिए जन्म कुंडली का ग्यारहवा भाव जो होता है ये लाभ स्थान होता है आय का स्थान होता है यश कीर्ति कृपा आर्थिक लाभ और आपकी महत्वाकांक्षा जैसे जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रों से ये भाव संबंध रखता है इस समय ये जो गोचर रहेगा नौकरी और बिजनेस दोनों में ही आपके सफलता के योग बना रहा है आर्थिक स्थिति ये गोचर अच्छी रहने की उम्मीद लेकर के आया है आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी कामकाज के लिए छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं मनोरंजन के मामले में मिथुन राशि के जातकों का खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वही मिथुन राशि के जातक भोग बिलासता जीवन जीने की तरफ आपका झुकाव अधिक रहेगा प्रेम संबंधों में रोमांस की अधिकता देखने को मिल सकती है जो अविवाहित जातक विवाह के लिए शुभ आ, समय के इंतजार में थे तो उनके लिए विवाह के योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वहीं आप लोगों के प्रेम विवाह लव मैरिज भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं संतान पक्ष से लाभप्रद स्थिति रहेगी विद्यार्थी वर्ग को मन के अनुकूल सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है मिथुन राशि के जातकों के जो आर्थिक प्रयास रहेंगे इनको थोड़े से अधिक करने पड़ेंगे बाहरी व्यक्ति से आपको सतर्कता बरतनी होगी उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा आप लोग आप आप लोग लोग जो है पालक खिला सकते हैं हैं काला नमक डाल करके साथ ही साथ ही एक की की माला जरूर धारण कर लीजिएगा कर्क कर्क राशि राशि ओर बढ़ते के जातकों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर कैसा रहेगा तो देखिए कर्क राशि के जातकों आपके लिए शुक्रदेव चौथे और दसवें भाव के स्वामी शुक्र का गोचर कुंडली के दसवें भाव में हो रहा है अब आप लोगों को पता होगा देखिए ज्योतिष के तमाम प्रकांड लोग ये वीडियो को सुन रहे हैं कि जन्म कुंडली का दसवां भाव जो होता है ये केंद्रीय भाव हो करके कर्म स्थान कहलाता है इसका संबंध जातक के कर्म से व्यापार से व्यवसाय से वैभव से आपकी समृद्धि कितनी रहेगी आप कार्य कैसा करेंगे उस कार्य के थ्रू आपको यश कैसा मिलेगा सरकार से और सार्वजनिक जीवन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इंगित करता है इस समय व्यवसाय में मनुकूल सफलता मिलने के योग हैं यदि आप नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा जी हाँ नौकरी में चेंज हो सकते हैं माँ के सुखों में वृद्धि होगी मतलब आपकी माता जी यदि किसी रोग से पीड़ित होंगी तो उनसे छुटकारा भी मिलेगा उनका स्नेह आपको मिलेगा और उनका पूर्ण सहयोग भी आपको प्राप्त होगा जो जातक लंबे समय से घर या गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे तो उनको अब उनकी पसंद का घर या वाहन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है संपत्ति के लेन में भी शुक्रदेव का ये गोचर जो रहेगा ये लाभ दिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो जातक एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय काफ़ी लाभकारी रहने वाला है तथा धन प्राप्ति के संकेत भी ये गोचर लेकर के आया है आर्थिक मामलों में आप लोगों को पिता का सहयोग प्राप्त होगा विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई की ओर अग्रसर रहेगा साथ ही साथ आप लोगों को जो है किसी नवीन स्थान पर जाने का योग बन रहा है उपाय के तौर पर जो कर्क राशि के जातक रहेंगे स्नान करने वाले जल में एक चम्मच दही डालकर के आप लोग स्नान करिएगा साथ ही साथ मोतियों की माला यदि आप लोग धारण करते हैं तो शुक्र के बहुत ही अच्छे आपको प्रभाव मिलेंगे हर शुक्रवार को शहद से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए ओम नम शिवाय मंत्र का एक बार जाप करिए दर्शकों देखिए आप लोग इतने लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक आप लोग बहुत कम लोग कर रहे हैं फटाफट आप लोग लाइक करिए और आपके लाइक से ही जो है ये चैनल आगे बढ़ रहा है प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक की पहुँचाइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए 28 और 29 मार्च को मुंबई में आप हमसे मिल सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं वास्तव में आपके जीवन में क्या चल रहा है देखिए दर्शकों गोचर का जो प्रभाव है ये जो है हॉरस्कोप में ये जन्म कुंडली में वैदिक ज्योतिष में सबसे आखिरी इसके प्रभाव को माना जाता है तो वास्तविक जीवन में आपके जो है जन्मकुंडली में क्या चल रहा है कौन से ग्रह कहाँ पर है और आपको उनसे संबंधित कौन सा उपचार चाहिए आप कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं या प्रेम संबंधों में ग्रोथ चाहते हैं तो इन सभी के लिए अपनी कुंडली पर आकर के आप हमसे जो है विश्लेषण करवा सकते हैं और उपाय जान सकते हैं सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं क्योंकि ग्रह के राजा की सूर्यदेव की राशि है तो सिंह राशि वालों शुक्रदेव का ये जो गोचर रहेगा देखिए सिंह राशि वालों के लिए तीसरे और दसवें भाव के स्वामी जो शुक्र रहेंगे ये आपकी कुंडली में नवे भाव में संचरण करेंगे गोचर करेंगे जन्म कुंडली का नवा भाव थोड़ा बहुत ज्योतिष का आप लोग भी नॉलेज रखिए कोई आपको ऐसे बरगला ना सके तो नवा भाव जो होता है ये धर्म का भाव होता है इसी को भाग्य का भाव माना जाता है धर्म तीर्थ अंतर ज्ञान से संबंध नवम भाव रखता है नवा भाव पिता का माना जाता है तो ये समय जो रहेगा ये भाग्योन्नति की ओर संकेत कर रहा है आपके भाग को आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा पूरा पूरा साथ मिलेगा जिससे आपकी तरक्की के नए नए आयाम खुलेंगे नए नए रास्ते खुलेंगे इस दौरान आप स्व के स्वराक्रम से कार्यक्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ेंगे धर्म और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी धार्मिक कार्यों भी इस दौरान आप आप कोई कोई कोई जो है है कर सकते सकते हिस्सा ले हैं आपके घर में में मांगलिक कार्य कार्य धार्मिक कार हो सकता है। जिस परियोजना निवेश करेंगे उसी में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग पूर्ण साथ प्राप्त होगा पिताजी के सहयोग से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संकेत शुक्रदेव के ये गोचर लेकर के आए हैं कार्योन्नति की उम्मीद भी आप लोग कर सकते हैं नए कार्य क्षेत्र में आपका जाना हो सकता स्थान पलायन का भी योग बन रहा है स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा और उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सबसे पहले फ्राइडे वाले दिन आप लोग नमक वाइट कर दीजिए तथा गाय को मीठा चावल शुक्रवार को आप लोग खिलाना प्रारंभ कर दीजिए निश्चित ही आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं कन्या राशि के जात को देखिए देव आपके लिए नवे और दूसरे भाव के स्वामी हैं और ये जो गोचर रहेगा ये आपके अष्टम भाव में होगा जन्म कुंडली का आठवा भाव अब देखिए दर्शकों अष्टम भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है इसको आप लोग जान लीजिए अष्टम भाव जो होता है ये आयुष्य का होता है मृत्यु स्थान का होता है ये विरासत का होता है ये दुर्घटना का होता है ये भयंकर नुकसान का होता है ये अप्रत्याशित मृत्यु का होता है अप्रत्याशित मृत्यु मतलब आपने उम्मीद नहीं की होगी उस व्यक्ति की जान चली जाती है और हिस्सेदार हिस्सेदार जो होते हैं उनसे धन से संबंध का होता है एक बात और बताते हैं दर्शकों जो अष्टम भाव होता है ये आपके जीवन में आकस्मिक चीजों का मतलब आपके यहाँ कोई भी घटनाएं होंगी अप्रत्याशित रूप से होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा तो ये गोचर जो रहेगा कुछ कठिनाइयों भरा रह सकता है व्यवसाय में अधिक मेहनत के पश्चात सफलता मिलने के संकेत थोड़े से कम रहेंगे लेकिन फाइनली आपको कुछ सफल यहाँ पर दिलाएगा ये गोचर आपको अपनी इच्छा शक्ति को और दृढ़ करने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी सितारे सलाह दे रहे हैं इस दौरान आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं बिजनेस में अचानक धन हानि का आपको सामना करना पड़ सकता है तो थोड़ा सा अपने जो है इन चीजों को हम बता रहे हैं तो अपने बिजनेस को और अच्छे से आप चलाइएगा अलर्ट रहिएगा इसलिए बिना सोचे समझे आप लोगों को सितारे सलाह दे रहे हैं कि धन का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा फालतू के पैसे खर्च मत करिएगा आपके खर्च भी अनावश्यक रूप से बढ़ सकते हैं यह संयोग आपकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के लिए बेहतर रहेगी आप मानसिक रूप से अशांत महसूस अपने आप को करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है किसी महिला के कारण आपके छवि को कुछ धूमिल हो सकती है आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो शुक्रवार को छोटी कन्याओं को कुछ मीठा आपको जो है कराना रहेगा साथ ही साथ जब भी घर से निकलिए कार्य क्षेत्र के लिए तो दही और चीनी इसको मिक्स करके खा करके निकलिएगा निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा अगली राशि हमारी आती है लिब्राह जी हाँ तुला राशि देखिए तुला राशि के जात शुक्र तुला राशि वालों के लिए आठवें प्रथम भाव और अष्टम भाव का स्वामी जो शुक्र ग्रह होगा ये आपकी कुंडली से सातवें भाव में संचरण करेंगे गोचर करेंगे जन्म कुंडली का सप्तम स्थान सातवा भाव ये क्या होता है तो ये स्थान जो होता है ये होता है आपके साझेदारी का ये होता है आपके वैवाहिक जीवन का ये होता है आपके सेक्सुअल पावर का तो इस दौरान ये जो गोचर रहेगा आपके जीवन में रोमांस की अधिकता रहेगी अनायास ही आप किसी जो है महिलाओं की तरफ या महिला जो है ये पुरुष की ओर आकर्षित होते हुए दिखाई पड़ रही है अगर आप शादीशुदा हैं तो यह भी आप दोनों के रिश्तों को और मजबूत बनाएगा मतलब दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा समय एक्सपेंड करेंगे घूमने फिरने के लिए कहीं आप लोग बाहर जा सकते हैं और आपके जो है मतलब प्रभाव में वृद्धि होगी महत्वाकांक्षाओं तो की पूर्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ शुक्र का ये गोचर स्वास्थ्य की दृष्टि से समय जो है उत्तम रहेगा दांपत्य जीवन में मधुरता का वातावरण रहेगा जो जातक अविवाहित हैं बहुत बड़ी बात बोलने रहे दर्शकों सुनिएगा जो जातक अविवाहित हैं उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है साथ ही साथ प्रेम संबंध प्रेम संबंध जो होता है विवाहित रिश्तों में प्रेड़ित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यावसायिक तौर पर आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं कोई नए प्रोजेक्ट पर आप लोग काम करेंगे प्लानिंग करेंगे साथ ही साथ नौकरीशुदा जा तक भी कार्योन्नति की उम्मीद कर सकते हैं नौकरी के साथ साथ आप कुछ पार्ट टाइम बिजनेस भी अपना कर सकते हैं ये जो गोचर रहेगा सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए कनक धरा स्त्रोत का आपको प्रतिदिन पाठ करना रहेगा साथ ही साथ दक्षिणा दक्षिणामुखी संख से जो है आपको दूध लेकर के फ्राइडे के दिन शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करना रहेगा और यदि हो सके तो एक स्फटिक की माला आप लोग धारण कर लीजिएगा वृश्चिक राशि की ओर बढ़ रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का ये गोचर कैसा रहेगा तो देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए सातवें सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव से हो रहा है अब दर्शकों देखिए कुंडली का जो छठा भाव होता है ये शत्रु का जो है शत्रुओं का स्थान होता है साथ ही साथ आपके अंदर कोई पीड़ा होती है तो छठे भाव से देखी जाती है आपके अंदर भय होता है छठे स्थान से देखा जाता है रोग की अवधि कितनी दिन रहेगी ये छठे स्थान से देखा जाता है आपके शत्रुओं का आपके दैनिक कार्यों का आपके बीमारी का कर्ज कर्ज का होता है और नौकरी में जो परेशानी चली आती है यह छठा भाव रिप्रेजेंट करता है तो शुक्र के इस गोचर के फल स्वरूप आपको अपने वैवाहिक जीवन में विशेष रूप से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपके नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बाहरी व्यक्तियों का संपर्क आपके लिए लाभदायक रहेगा लेकिन जीवन साथी के साथ ये समय समय पर बात विवाद या मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है गोचर काल की यह अवधि स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अधिक नुकसानदायक साबित हो सकती है अधिक प्रतिकूल हो सकती है ऐसे में बेहतर होगा जो हमारे वृश्चिक रास के जातक हैं कि इस दौरान आप अपनी सेहत का विशेष से ध्यान रखिएगा वाहन इत्यादि सावधानीपूर्वक चलाइएगा कोई चोट चपेट इत्यादि दुर्घटना हो सकती है इस दौरान अचानक किसी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनने से आपके खर्चों में वृद्धि होगी अधिकता होगी साथ ही साथ कोई लगेज आपका या कोई जो है कीमती सामान चोरी हो सकता है इस अवधि में महिला मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा और उनका सम्मान करिएगा किसी भी महिला से आपको झगड़ा नहीं करना आपको लड़ाई नहीं करना है तो वृश्चिक राशि के जातकों उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करिएगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ कि शुक्रवार वाले दिन हर शुक्रवार को आपको किसी सुहागिन महिला को मेहंदी हो गई चूड़ी हो गई या सुहाग से संबंधित जो भी सामग्री होती है आप इसका डोनेशन करें इसका दान करेंगे तो शुक्र का ये गोचर आपको शुभ फल देगा। वृश्चिक राशि के बाद अब हम चलते हैं हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है धनुराशि लेकिन दर्शकों यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन आप लोग दबाइए साथ ही साथ दर्शकों मुंबई आगमन हो रहा है जो लोग भी मुंबई क्षेत्र या इसके आसपास के क्षेत्र से संपर्क रखते हैं अट्ठाईस तारीख को और उनतीस तारीख को यानी कि अट्ठाईस मार्च और उनतीस मार्च को हमसे पर्सनली मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी उपायों के माध्यम से उनको कम करने का हम प्रयास करेंगे तो धनु राशि के जातकों शुक्र का शुक्रदेव जो आपके लिए रहेंगे छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और शुक्र का ये गोचर जो होगा ये आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है अब दर्शकों कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये होता है संतान का ये होता है आपका विद्या का स्थान होता है आपकी संतान कैसी ग्रोथ करेगी इसको रिप्रेजेंट करता है संतान के जन्म से संबंधित चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती है आपके अंदर एजुकेशन शिक्षा गुढ़ ज्ञान आपके अंदर कितनी है आप उपासना क्या करते हैं लेखन शैली क्या है आत्मअभिव्यक्ति और परमानंद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है तो आपके लिए लिए गोचर प्रेम संबंधों के बेहद खास रहने वाला है।, आपकी में होने की संभावनाएं है। आपको पहले की हुई मेहनत का फल भी अब आपको हासिल होगा कोई नया प्रेम संबंध आपका बनेगा और कोई नया संबंध आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है आय के साधनों में वृद्धि होगी शत्रु पक्ष से भी लाभदायक स्थिति आप जो है बनती हुई दिखाई पड़े मतलब शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे छोटे भाइयों का सहयोग मिलेगा शेयर मार्केट से जुड़े व्यक्तियों को लाभ हो सकता है जी हाँ पांचवा भाव जो होता है शेयर मार्केट का भी होता है शेयर सट्टे से रिलेटेड भी देखा जाता है आपके आय के साधनों में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है आपको अपने मेहनत के अनुसार फल भी मिलेगा यदि आप अपना लॉटरी में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा पूरी स्थिति देखिए आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगी साथ ही साथ उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो श्रीयंत्र पर नित्य दक्षिणावर्ती संख से गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करिए श्री सुक्त लक्ष्मी सुक्त और कनक ध्र स्त्रोत का नित्य पाठ करिए साथ ही साथ शुक्रवार को चावल का दान किसी महिला को आप लोग करेंगे तो ये गोचर का प्रभाव आपको और अच्छा मिलेगा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मकर राशि जी हाँ कैप्रिकॉन तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा देखिए मकर, मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचम और दसवें भाव के स्वामी और इनका जो गोचर होगा आपकी जन्मकुंडली के चौथे भाव से होगा जन्म कुंडली का चौथा भाव ये क्या होता है तो ये माता के सुख का होता है आपके माता के रिप्रेजेंट करता है साथ ही साथ ये आपके सुख का स्थान होता है कहीं कहीं कुंडली में लिखा होता है सुखेश तो ये सुख का स्थान होता है आपके वाहन सुख का होता है मकान का होता है आपके जमीन का होता है तृष्णा का होता है आपके अंदर लालसा कितनी है महत्वाकांक्षा का होता है और मित्रता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चौथा भाव रिप्रजेंट करता है परिवार में खुशियों का माहौल शुक्रदेव का ये गोचर लेकर के आया और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की स्थिति बनेगी शुक्र के प्रभाव से प्रेम जीवन में आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं परिजनों व दोस्तों का सहयोग आपके हौसलों को बढ़ाने वाला रहेगा इसके साथ ही साथ आप अपने कार्य में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे शुक्रदेव के गोचर की इस अवधि में आप कोई नया घर कोई नई गाड़ी कोई अगर आपके पास गाड़ी है तो उसको चेंज करके लग्जूरियस गाड़ी खरीद सकते हैं मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर खासा फलदायी साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है शुक्र देव का ये जो गोचर रहेगा ये आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति करा देगा साथ ही साथ आपको माता का परम स्नेह प्राप्त होगा और क्या होगा तो शुक्र देव के इस गोचर के कारण अगर आपकी माता जी किसी जो है पीड़ा से जो है पीड़ा में थी या किसी प्रकार का रोग उनको घेरे हुए था तो उससे काफ़ी हद तक की उसमें न्यूनता आएगी अब आपको और अच्छा फल कैसे लेना है तो शुक्र कवच का या शुक्र स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करिएगा साथ ही अगली राशि पर देखिए अगली राशि जो आती है कुंभ राशि कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो रहते हैं ये चौथे और नव भाव के स्वामी होते हैं सुखे भी होते हैं और भाग्य होते हैं और ये गोचर होगा आपकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान पर अब जन्म कुंडली का जो तीसरा स्थान होता है ये किस चीज़ का होता है तो ये भाव होता है आपके पराक्रम का आपके भुजाओं में कितनी ताकत है साथ ही साथ ये आपके पौरुष का होता है आपके दोस्तों का होता है छोटे भाइयों का होता है लघु प्रवास का होता है मतलब आपकी लघु यात्राओं से भी देखा जाता है कार्य में सफलता होगी कि नहीं होगी तीसरा भाव जो है प्रदर्शित करता है महत्वपूर्ण फेरबदल से जीवन में संबंध रखता है तो ये गोचर भाग्य का संपूर्ण साथ निश्चित ही आपको दिलाएगा और आशाजनक आपको सफलता प्राप्त होगी अनएक्सपेक्टेड आपको सफलता प्राप्त होगी धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका पैसा खर्च होगा साझेदारी के मामलों में थोड़ा सा संभल करके यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा सा संभल करके इन्वेस्टमेंट करिएगा शुक्रदेव का ये जो गोचर रहेगा ये छोटी दूरी की यात्राओं को लेकर के आया है आपके अपने भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध रहेंगे ये काफी अच्छे रहेंगे मधुर रहेंगे इस गोचर के दौरान आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सभी जो है वे क्षेत्रों में वृद्धि होगी आपके नए नए लोगों से संबंध बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होंगे धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ती हुई यहां पर दिखाई पड़ रही है और संभवतः आप किसी धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता है यदि आपकी रुचि कला के क्षेत्र में है तो कला से संबंधित क्रियाओं में आपको सफलता मिलने के योग हैं उपाय के तौर पर तो श्री सूक्त का नित्य पाठ करिए साथ ही साथ मंदिर में गाय के देसी घी का आपको दीपक जो है जलाना रहेगा चावल और चीनी का दान शुक्रवार वाले दिन किसी महिला को आपको करना होगा अंतिम राशि पर बढ़ते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि फटाफट दर्शकों आप लोग इस वीडियो को देखिए लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए नए इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन दबाइए और 28 और 29 मार्च को मुंबई में मिलना न भूलिए देखिए मीन राशि वालों के लिए आठवें और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र का कुंडली के दूसरे भाव में गोचर हो रहा है जन्म कुंडली का दूसरा भाव ये होता है आपकी वाणी का ये होता है फिक्स धन का कुटुम्ब स्थान के नाम से दूसरे भाव को जाना जाता है इसका संबंध धन चल अचल संपत्ति वाड़ी, वंश आपका कितना आगे बढ़ेगा धन संग्रह और विरासत संपत्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूसरा भाव रिप्रेजेंट होता है जुड़ा होता है शुक्र देव का ये गोचर का जो प्रभाव रहेगा आपकी वाणी आपकी कुटुंब धन जमा पूंजी और परिवार पर पड़ेगा इस दौरान आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सफल साबित होते हुए दिखाई पड़ेंगे कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे कोई भी छोटा काम करेंगे उससे ही आकर्षित हो जाएंगे धन प्राप्ति के योग बन रहे पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग बन रहे इस दौरान आप परिवार और लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपकी सेहत काफ़ी अच्छी बनी रहेगी और जीवन साथी का स्वास्थ्य लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिकूल हो सकता है डाउन हो सकता है खान पान का विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं मीन राशि के जातकों को सत्राल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध और मधुर संबंध आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सत्राल पक्ष से विशेष लाभ यहाँ पर मीन राशि के जातकों को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कुछ भूमि का टुकड़ा या धन इत्यादि आपको मिल सकता है जीवन साथी का ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए आपके पार्टनर का जो है बहुत ज़्यादा जो है स्वास्थ्य वगैरह खराब हो सकता है आ, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो नारायण कवच का पाठ करिएगा प्रत्येक शुक्रवार को चावल की खीर ये बना लीजिएगा और इसको गाय कुत्ते और कौवे इन तीनों लोगों को आप लोग खिलाएंगे तो बेहतर रहेगा साथ ही साथ यात्राओं पर निकलने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो राहु काल होता है और जो दिशा होता है इसका विशेष ध्यान दीजिएगा अन्यथा कोई अनिष्ट भी हो सकता है तो दर्शकों शुक्रदेव का ये गोचर कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए आप लोग व्यक्तिगत मिलने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण टेलीफोन के माध्यम से हमसे करा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हमने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार